नमस्कार दोस्तों इस हफ्ते मुस्कुराते चेहरे वाले यूट्यूबर के लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों फैन थे चैनल का नाम है प्रो राइडर वन थाउजेंड और इस यूट्यूबर का नाम था अगस्त चौहान इनके बारे में बहुत ही दुखद खबर सामने आई है दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक बाइक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों ये मोटर ब्लॉगर थे सुनकर बहुत ही दुख हुआ दोस्तों की हम वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर खतरे को नजरअंदाज कर देते है तीन की स्पीड में भाई की गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा दुर्घटना दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली जाते समय हुई मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कृपया ज़्यादा स्पीड में गाड़ी न चलाएं वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल न करें दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी सिंपत्ति उनके फैमिली के साथ में है आप सभी अपना ख्याल रखें और सावधानीपूर्वक यूट्यूबर बने धन्यवाद